आड़ी टकवा गल लाग रे क्या कौन से गटेलाणी गटेलाणी बड़ी आप और सुन चली जाते देख गुल्ली कैसे नपा नपा जा जा अल्लाह का मोटर सोई पड़े अब है मोटर ला सोई पड़े किया